नमस्कार और आपसिक हैं पल पल गुप्त सूचना के आधार पर फिर बैटरी की रोशनी से फतेहाबाद पुलिस ने पकड़ी 25 लाख रुपए की हीरोइन। फतेहाबाद से राजेश हीरो की खास रिपोर्ट फतेहाबाद पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार सवार दो युवकों को दो ग्राम हीरोइन सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पकड़ी गई हीरोइन की, की कीमत करीबन पच्चीस से छब्बीस लाख रूपये बताई जा रही है डी सुभाष चंद्र ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान विशाल उर्फ लाडी निवासी शाहपुर बेगू तथा जिला सिरसा व सुनील कुमार उर्फ सिलू निवासी बड़ौपल के रूप में हुई है प्राथमिक पूछताछ में इन युवकों ने यह हीरोइन दिल्ली से लाए जाने की सूचना दी है और इन्हें सिरसा में सप्लाई करने की बात कही थाना सदर फतेहाबाद में दोनों के खिलाफ एन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है दोनों को मान्य अदालत में पेश कर सुशील को आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा डीएसपी ने बताया कि एंटी नारकोटिक पुलिस टीम ए महेंद्र सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान गांव बड़पट में चिदड़ मोड़ पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी इसी दौरान पुलिस टीम ने गाँव चिदड़ के पास और वहाँ से आ रही एक कार को बैटरी की रोशनी में रुकवाने का इशारा किया तो कार सवार युवक घबरा गए और कार को वापस मोड़ने की कोशिश करने लगे पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए कार को रुकवा करके उसमें सवार दो युवकों से पूछताछ की और दोनों युवकों को संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर गिरफ्तार कर लिया उनसे जब तलाशी ली गई तो दो ग्राम हीरोइन बरामद हुई आप देख रहे की एक खास रिपोर्ट दो सौ तिरसठन मामला जब रहे देखिए हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार जिला फ़तेहबाद को नशा मुक्त बनानेतु चलाई गई अभियान के तहत और ए हमारी एनसी स्टाफ फतेहाबाद की टीम कल जो है मडोपल से चिंदर रोड पर और नशा की रोकथाम हेतु नाकबंदी की हुई थी तो एक गाड़ी चिंदर की तरफ से मडोपल की तरफ आई जिसको बैटरी की रोशनी से रुक रुकने का इशारा किया तो जो चालक ने गाड़ी को वापस मोड़ने की कोशिश की और रास्ता तंग होने के कारण गाड़ी वापस नहीं मोड़ सका जिस पर हमारे असई महेंद्र मंदर स्टाफ और जो है ना उसके साथ नगाड़ी को घेर कर दोनों व्यक्ति को काबू किया और काबू करके नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम विशाल निवासी बेगू नीला सरसा और साथ में बैठे सीट पर वाले व्यक्ति ने सुनील और शीलू बतलाया जिनकी नियमानुसार तनाश तलाशी अमल में लाएगी तो गाड़ी के डैशबोर्ड से दो सौ ग्राम हिरोइन ब्राम गई जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करके गिरफ्तार किए गए और आज अदालत में पेश किए जाएंगे और अदालत से रिमांड लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान जहाँ से वो लेकर आए उस स्थान की निशानदी और किस लेकर उसको शनात हो गया कहाँ सिलाए कहाँ देनी थी ये दिल्ली से लेके आए हैं और आगे जो है इनको सरसा के अंदर सप्लाई करनी थी जो अगड़े गए आरोपी है उनके पर पहले के मुकदमे हैं हाँ जो एक इसके अंदर आरोपी है विशाल जो निवासी गांव बेगू है सरसा के अंदर उसने बताया कि मेरे खिलाफ़ चार पांच बार पहले में पकड़ा गया हूँ और जो सुनील है बूढ़ापड़ का उसके खिलाफ कोई मुकदमा सर मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू होगी इस हीरोइन की इस हिरोइन के करीब जो है पच्चीस छब्बीस लाख रुपये कीमत